हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक कैसे किया जाए फ्रेंड्स अगर आपका पेन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो फ्रेंड हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपका पैन कार्ड बंद हो जाए तो फ्रेंड देखते हैं हम कि पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कैसे कर सकते हैं तो फ्रेंड उसके लिए आप इस साइट पर जाएँगे इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यहाँ पर फ्रेंड्स पहले हम चेक करेंगे कि हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं है तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लिंक आधार स्टेटस पे जाएंगे यहां जाने के बाद फ्रेंड्स यहां पे पैन नंबर देना है या आधार नंबर देना है ये पैन नंबर और आधार नंबर देने के बाद आप व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फ्रेंड ये सॉफ कर देगा कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं है अभी जैसे ये दिखा रहा है कि दिस पैन नंबर इज़ ऑलरेडी लिंक्ड टू गिव आधार नंबर अभी आप इसको यहाँ से क्लोज कर दें तो यहाँ से सबसे पहले आप देख पाएंगे कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है अब लिंक होगा तो फ्रेंड यहाँ से आप देख पाएंगे नहीं होगा तो भी वो बता अब अगर नहीं होगा तो आप उसको किस तरह से उसको लिंक करा सकते हैं तो फ्रेंड उसके लिए आप इस साइट पर जाएंगे इस साइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा यहाँ पे फ्रेंड्स आप ये नॉन टीडीएस टीसीएस इसमें जाएंगे ये चला नंबर 280 वाले पे आप इसको प्रोसीड करेंगे यहाँ पे फ्रेंड टैक्स एप्लीकेबल में आप ये सेकंड वाला चूज़ करेंगे टाइप ऑफ पेमेंट में आप लास्ट वाला 500 और मोड ऑफ पेमेंट में यहाँ से आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपने जून 2022 तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो यहां पे आपका पेमेंट लगेगा पाँच सौ और फ्रेंड्स जुलाई 2022 से आपका पेमेंट इसमें एक हज़ार लगेगा तो यहां से आप क्या करेंगे मोड ऑफ़ पेमेंट लेंगे आपको नेट बैंकिंग के थ्रू तो पेमेंट करना है तो यहां से फ्रेंड्स आप मोड ऑफ़ पेमेंट सेलेक्ट करेंगे नेट बैंकिंग से करना है या डेबिट कार्ड से करना है यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग बैंक सेलेक्ट करके यहाँ से डेबिट कार्ड से जो भी पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड एसमेंट ईयर में आपको अभी जैसे अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेंड यहाँ से ये 2022 और 2023 आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस प्रोवाइड करना होगा और यहाँ पे फ्रेंड ये कैप्चर जैसे है वैसे ही आपको लिखना होगा उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा फ्रेंड्स यहाँ पर ये प्रोसीड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये प्रोसीड करने के बाद आपका चार से पाँच दिन के अंदर ये आपका यह आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा फिर चार से पाँच दिन के बाद आप सेम इस साइट पे जाके लिंक आधार स्टेटस में जाके आप उसको चेक कर पाएंगे कि आपका लिंक है या नहीं है एंड चार से पाँच दिन बाद आप यहाँ पे इस लिंक आधार स्टेटस पे जाके यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड को नंबर प्रोवाइड करके आप व्यू लिंक आधार स्टेटस से चेक कर पाएंगे कि अभी आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो गया है या नहीं हुआ है तो आपका यहाँ दिखा देगा कि अभी वो लिंक हो चुका है ये आपको दिखा देगा ठीक है फ्रेंड फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू